मेरी माता माता तो जा जो चाल बाबा ने ने वाले माता बाबा को दिशाया खूं चलू निर्वासिया लोरा आ जा